अरे हट में देखिए भैया देखें ना तो बहुत अमन भैया हम क्या कर रहे तेरा भूत किया इस देखना कितना पीटेगा मारने का तो पापा से पहले ये पकड़ पाएगा मुझे तब ना मार जैसे बाप रे इधर दिखा दो फन अभी थप्पड़ हम लगा देंगे कृष्ण म्याज ठीक हो जाएगा थप्पड़ नूर चलना हनू कितना